वेलकम फ्रेंड्स आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोस्ट हेल्पिंग पावर पे बहुत बहुत स्वागत है जो दर्शक हमारे नए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें जी हाँ दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं इस तरह कार्ड का पैसा कैसे चेक करें अपने मोबाइल नंबर से बहुत ही आसान और सिंपल ट्रिक लेके आया हूँ आपको यहाँ पर चलाना है क्रोन पे क्रोन पे आपको सर्च बार में टाइप करना है यू पी एस एस डी टाइप करेंगे क्रोन पे यहाँ हमें इस तरीके से एक इंटरफेस खुलेगा यहाँ से हमें कोरोना वायरस का जो ये एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा उसको हम से कैंसिल कर देंगे उसके बाद हमें इस साइड पे थोड़ा नीचे चले आना है यहाँ से सुरेश चंद्रा आईएएस जो है हमारे इनके जस्ट नीचे हमको दिखाएगा भरण पोषण भत्ता योजना हमें इसी भारत पोषण भत्ता योजना पे क्लिक कर देना है यहाँ से हमको अपना जो भी मोबाइल नंबर जिससे आपको पैसा मिला है वो आप यहाँ से मोबाइल नंबर इंटर कर देंगे और हमें तुरंत यहाँ पर सर सर्च पर क्लिक करना है तो हमें जो भी यहाँ से पैसा मिला है हम उसको यहाँ से बहुत ही आसानी से यहाँ से देखिए बहुत से ही आसानी से ये हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर कितना पैसा मिला है यहाँ से ये सब सारी चीज़ें हम बहुत ही आसानी से देख सकते हैं इस तरीके से हम अपना किसी भी नंबर से यहाँ से हम इसको चेक कर सकते हैं